हेलो चिंकी क्या हाल है तुम्हारे अरे मैं अच्छी हूँ अरे शुक्रिया तो बच्चों ले लेते हैं जी सर सर सर यस yes, बिट्टू ये बिट्टू आज भी टाइम पर नहीं आया आने दो इसे बताता हूँ मैं आज पूरे दिन क्लास के बाहर खड़ा रहेगा ये सभी अपना काम पूरा कर कर लाए हैं सर ठीक है फिर आप सभी अपना होमवर्क निकाल के बाहर रोको मैं सबका एक एक करके चेक करूँगा